अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान हो जाएगी पहचान ही तो बनानी ना सब चाहे वो रास्ता गलत ही रास्ते की परवाह मैं तो मंजिल बुरा बन जाएगी।